वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा क्या नाम है आपका पहला गुलशन गुलशन एक सेल्समैन है कब से दिक्कत है ये गुलशन बीस हो गए बीस दिन हो गए और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी इसलिए आए हो या थोड़ी बहुत दिक्कत थी पहले तो दिक्कत, दिक्कत बहुत ज़्यादा थी निलीफ टाइम के साथ रिलीफ हुआ है बट देख सकते हैं ये स्वेलिंग इसके बहुत ज़्यादा है गर्दन पे ही इसकी सारी दिक्कत है मैं इसी के ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और ये भी इसका स्केपलर एरिया यहाँ की मसल सारी कमज़ोर हो गई हैं छोटी हो गई हैं अगर इस तरफ का देखेंगे ये एरिया काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है बड़ा है जिस तरफ ये झुकते हैं वो सारा एरिया छोटा हो जाता है सिक जाता है इसीलिए इसकी वजह से इसके हाथ में भी सारा दर्द जा रहा राइट इसी हाथ में तो मैं एडजस्टमेंट दिखाता हूँ हाँ उसी की वजह से गर्दन पे कंप्रेशन है C1 C2 इसका काफ़ी ज़्यादा फ्यूजन में जा चुका है यानी कि स्पेस कम हो गया है ब्रीथ आउट करेंगे नाइस इजी नाइस सीधा लेटेंगे सीधा लेट जाओ जाओन और इसके चेहरे पे भी यानी कि पीछे से तो देख ही रहा था चेहरे पे भी टेंशन स्किन से फेशियस से सब कुछ नज़र आती है जब इस तरह की दिक्कत होती है छोड़ देंगे ये देखो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो रिलैक्स जॉइंट्स खुल रहे हैं ज़्यादा पप अप साउंड नहीं है बट जॉइंट्स खुले हैं राइट महसूस हुआ है आ कमर भी देखते हैं मेरी मेरी मेरी तरफ मेरी तरफ ले तरफ करवट करवट ले लो मेरी तरफ. नीचे नीचे वाला सीधा इजी छोड़ लो. छोड़ लो, छोड़ दो दो दो रिलैक्स छोड़ो उस तरफ गुलशन को थोड़ा सा मैंने डाटा भी है क्योंकि इसको खुद ही पता करना पड़ेगा कि किस चीज़ की वजह से इसको ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है मैं तो सिर्फ इलाज कर सकता हूँ पता नहीं कर सकता ना कि क्या हो रहा है गर्दन नीचे रखो छोड़ दो शोल्डर पीछे जाने दो इजी छोड़ो, छोड़ो। हाँ पैक भी टाइट है अच्छा अब कैसा लग रहा है ये तोड़ करने के बाद पहले से बेटर लग रहा है बेटर तो हर किसी को लगता है बट गर्दन फ्री देखो बेटर। इज डाउट है ठीक हाँ। है तो ये वीडियो आज शाम को YouTube चैनल पे आ जाएगी एक्टिव प्लस के नाम से देखना कमेंट करना लोगों को शेयर करना ताकि लोग लोग ज़्यादा परेशान ना हों ठीक है तो मैंने इसको पाँच से दस दिन बोला है ये पाँच दिन तो कम से कम जरूर आए और व्यूअर्स आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें लें जहाँ तक लोगों तक पहुँचाएँ थैंक यू